नमस्कार साथियों मैं हूं हर्ष भारद्वाज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे साथियों आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीर्थ में रहने वाले साधकों को सिद्ध स्थान में जाकर नियमित साधना करनी चाहिए कुछ दूरी पर रहने वाले साधकों को कुछ दूरी मतलब जो साधक पचास किलो के मीटर में हों उनको एक माह में एक बार अवश्य ही तीर्थ में सेवन करना चाहिए अधिक दूरी पर रहने वाले साधकों को अधिक मतलब जिन साधकों का मतलब सफ़र काफ़ी लंबा हो दो दिन एक दिन तीन दिन का उन साधकों को वर्ष में एक बार अवश्य ही तीर्थ में आकर सेवन करना चाहिए कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार